वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आर आर आर रवि एंड योर वॉचिंग माई YouTube चैनल आर आर आर रवि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मुक्ता पिष्टी भस्म के लगभग 50 फायदे बताने वाला हूँ जिया दोस्तों ये मेरे हाथ में मुक्ता पिष्टी भस्म है इसके पूरे 50 फायदे मैं आपको बताऊंगा ये आपकी किन किन बीमारियों में कैसे आपको फायदा करने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेके लाश तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप इसमें स्किप कर दोगे तो बहुत ज़रूरी जरूरी, जरूरी जानकारी आपके हाथ से छूट जाएगी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो चार मुक्ता पिश्ती के पैकेट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मतलब इसका मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ठीक है तो इसको फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आरआरआर रवि को सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर लो पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस फ्री गीवअप में पार्टिसिपेट भी कर सके इस वीडियो को लाइक करना है देखो सब्सक्राइब करके बेलाइकोन दबाना है लाइक करना है वीडियो के कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करना है इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको मुझे WhatsApp पे भेजना है और इस वीडियो को हर बार की तरह अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे लगा के शेयर करना है अगर आप टास्क कर लेते हो तो आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ दोस्तों अगर आपको जनरली भी अगर कोई भी दवाई चाहिए या ये भस्म चाहिए या कोई भी पतंजलि की दवाई चाहिए या फिर आप आपकी किसी बीमारी को लेके मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपको जो भी दवाई चाहिए वो कुरियर के द्वारा आपके घर पर मैं आपको पहुँचा दूँगा और आपको जो भी आपकी बीमारी है उसके लिए पर्सनल कंसल्टेसन मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा फ़ोन पर तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है दोस्तों मुक्ता पिष्टि भस्म ठीक है मुक्ता पिष्टि भस्म है और इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं इसके बाद में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल में आपको देता हूँ थोड़ा जूम कर देता हूँ देखिए इसके ऊपर लिखा है दोस्तों दिव्य दोस्तों यहाँ पे दिव्य लिखा है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी, भी मत होइएगा क्योंकि पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और खाने पीने का सामान पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में बनता है तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके ऊपर लिखा है आयुर्वेदिक मेडिसिन ये आयुर्वेदिक दवाई है और दवाइयों को अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना ले है इसको किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन या कंसल्टेशन में ही आपको उसको लेना है ध्यान रखिएगा और अगर आप इसको लेना चाहते तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अब देखो नीचे लिखा है यह मुक्ता पिष्टी इसका नाम है मुक्ता पिष्टी अब इसके नीचे है असडायरेक्टेड बाई द फिजिशियन मतलब चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करना है मन से नहीं करना है क्योंकि जो भस्में होती है पहली बात इनको अकेले नहीं लिया जाता है इनको आपकी बीमारी के अनुसार प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ही लिया जाता है इंडिकेशन में क्या क्या काम आती है यूजफुल इन हाइपर एसिडिटी पित्त रोग आई डिजीज एक्सेट्रा इतनी बीमारी इसके अंदर लिखी है इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी लगभग मैं आपको इसमें 50 फायदे बताऊंगा लगभग ठीक है तो इस वीडियो को आप देखते रहे दोस्तों ये जो मुक्ता पिष्टी है ये मोती से बनती है देखो इस पे मोती बने हुए हैं ना ये ये मोती से बनती है जो ओरिजिनल मोती होते हैं ना मोती से बनती है और ये मुक्ता पिष्टी को मोती पिष्टि भी कहते हैं ठीक है ठीके? मुक्ता पिस्टी देखिए यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कभी आप मुक्ता पिष्टी लेने जाओ और पता चला आपको मुक्ता पिष्टी की जगह कोई मोती पिष्टी दे रहा हो तो मुक्ता पिस्टी और मोती पिस्टी एक ही चीज़ है अलग अलग चीज नहीं है, तो है आयुर्वेदिक मेडिसिन और मुक्ता पिस्टी और पिछहत्तर रुपये की आती है सेवेंटी फाइव की दो ग्राम ठीक है दो ग्राम का पैकेट आता है ठीक है बस इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो इसको मैं आ, रख देता हूँ और अब आपको एक एक करके डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा पहले इसमें कि आप जब भी मुक्ता पिश्ती लें तो इसमें ये होलोग्राम ज़रूर देखिएगा क्योंकि पतंजलि की नाम से नकली दवाइयाँ भी आती है तो ये होलोग्राम देख के ही दवाई लें क्योंकि आप नकली दवाई से बच पाएंगे क्योंकि पतंजलि के नाम से बहुत सारे लोग नकली दवाइयाँ भी बेच रहे हैं अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं देखिए जैसा मैंने आपको बताया मुक्ता पिष्टि और मोती पिष्टि ठीक है ये एक ही चीज़ होती है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए ये जो मुक्ता पिष्टि होती है ना इस कि जो मैन्युफैक्चर होती है इसकी जो बनावट होती है या इसको जो बनाने का तरीका होता है इसको गुलाब जल में शोधित करके बनाया जाता है और इसकी जो तासीर होती है दोस्तों वो काफ़ी ठंडी होती है जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बस में तो बहुत गर्म होती है हमें गर्म चीज़ें सूट नहीं होती है तो ऐसा नहीं है ये जो मुख्ता पिष्टी है या फिर मोती पिष्टि है इसकी ताशीर बहुत ठंडी होती है तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों ये जो मोती पिष्टि या फिर मुक्ता पिष्टि होती है इसमें अमीनो एसिड कैल्शियम और मिनरल्स यानी खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं इसमें एंटीफ्लेमेटरी, फ्लेमेटरी एंटीमाइक्रोबियल, एसिड एंटीहाइपरटेंसिव, माइक्रोबियल एडोपलेक्जेनिक एंटी एंटी स्ट्रेस एंटी डिप्रेशन मतलब लगभग सभी प्रकार के गुणों से ये भरपूर है तो ये तो था दोस्तों मुक्ता पिश्ती के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब मैं इसके आपको फायदे बताने वाला हूं कि किन किन बीमारी में फ़ायदा करती है और ये आपको कैसे फ़ायदा करेगी मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मैं आपको जो भी बीमारी बता रहा हूं अगर इसमें आपकी कोई बीमारी है जो मैंने इसे मैंशन नहीं की हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दे दूँगा या फिर आप मुझे डायरेक्ट भी व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं दोस्तों तो ये सभी प्रकार के मानसिक रोगों में बहुत अच्छे से काम करती है किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो मेंटल डिसऑर्डर हो बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों को अवसाद या डिप्रेशन की समस्या है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है ऐसे लोग जिनको मनोभ्रंश हो गया मनोभ्रंश मतलब बिल्कुल जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है इंसान एकदम पागल हो गया है, है ना तो ऐसी कंडीशन में भी ये आपको काम करता है मैं फिर से बता रहा हूँ मैं जो भी बीमारी बता रहा हूँ इसके लिए इसको अकेले नहीं लेना है कंप्लीट डोज के साथ में लेना है हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग कंप्लीट डोज अलग अलग होता है सभी की बीमारी अलग होती है इसलिए सभी के शरीर के अनुसार इसकी मात्रा भी अलग अलग होगी इसके साथ और कौन सी दवाई कौन सी बस में लेना है वो भी अलग अलग होगी तो प्लीज़ मन से मत लीजिएगा आप चाहें तो मेरी कंसल्टेशन ले लीजिएगा ठीक है दोस्तों ये जो है आपके कफ और पित्त को दूर करता है ठीक है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ बनता है या पित्त की समस्या है उसको ये दूर करता है दोस्तों ये आपकी बॉडी में मतलब शरीर में सेरोटोनिन को कंट्रोल करता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है देखो एक चिंता होती है जो स्वाभाविक होती है ठीक है लेकिन कुछ लोगों को बेफिजुल की चिंता होती है ठीक है कोई मतलब उसके पीछे कुछ ठोस कारण नहीं होता है फिर भी वो चिंता करते रहते हैं किसी भी चीज़ की तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता होती है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों को बेचैनी होती है बेचैनी बनी हुई रहती है दिन भर बेचैनी सी बेचैनी सी लगती है तो ऐसे लोग भी इसका अगर सेवन करेंगे तो उनको फायदा होगा जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जिन लोगों के हाथ पे ठंडे पड़ पड़ने से मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एकदम हाथ पे ठंडे मतलब एकदम बी एकदम लो हो जाता है तो कैसे ठंडे हो जाते हैं तो जिन लोगों के एकदम हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लन करके समझाता हूँ इससे आपको समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आए ना प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का हंड्रेड रिप्लाई करूँगा देखिए हाथ पेड़ ठंडे होने से मतलब क्या है जैसे मान लीजिए कि साम आपके घर के आस मान लीजिए किसी का झगड़ा हो रहा है ठीक है और हाथ पैर आपके ठंडे हो गए डर आपको लग रहा है ठीक है लड़ाई सामने वाला कर रहा है लेकिन डर आपको लग रहा है मान लीजिए कोई आपके नज़दीक पटाखा फटा ठीक है तो एकदम आपको डर लगने लगता है मान लीजिए किसी के बारात जा रही है किसी के बैंड बाजे जा रहे हैं कोई जुलूस निकल है तो डर आपको लग रहा है मतलब सब लोग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपको डर लग रहा है ठीक है तो ए अगर आपके मतलब कहते हैं ना फोबिया टाइप डर ठीक है और एकदम कमजोरी टाइप जो लगता है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम आता है देखो जिन लोगों को ऐसी समस्या है वो लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे हालांकि अगर आपको इसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा मैं पर्सनल कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है तो डर वाली जो स्थिति होती है मतलब हाथ पे ठंडे पड़ना उसमें आपको बहुत अच्छे से काम आती है ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है डाइजेस्टिव कैपेसिटी मतलब आपका डाइजेशन ठीक करता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उसमें बहुत अच्छे से काम आता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो या किसी भी वजह से चिड़चिड़ापन रहता है लोगों में तो चिड़चिड़ेपन में बहुत अच्छे से काम आती है जिन लोगों को कब जो हो गया है कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसमें फ़ायदा करता है जिन लोगों को पाइल्स हो गया है बवासिर हो गया है बगंदर हो गया है फिस्टूला हो गया है चाहे खूनी पाइल्स हो या वादी वाला पाइल्स हो दोनों में ही ये काम आता है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या भूख कम लगती है उनकी भूख बढ़ाता है दोस्तों ये जो मुक्ता पिष्टि भस्म है इसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं जो कि हमारे शरीर में जो भी हम कुछ खाते तो उसमें से भी पोषक तत्वों को ग्रेप करके ये पोषक तत्व हमारी जो शरीर है उसको देता है दिल और दिल से संबंधित अगर आपको कोई भी रोग हो तो सभी रोगों में ये फायदेमंद साबित होता है आप लोगों का अगर दिल कमज़ोर है तो उसको मजबूत करता है जिन लोगों का मन अशांत रहता है तो उनके मन को शांत करता है जिन लोगों को दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का जो दिल है उसकी जो धड़कन है वो अजीब होती है मतलब बहुत से लोगों का मेरे पास भी क्वेश्चन आते हैं बीमारी लेके आते हैं कि सर हमारा दिल बहुत धक धक धक धक धक धक धक धक धक ऐसे धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ करता है ठीक है और कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा दिल की धड़कन की कभी हमको आवाज ही नहीं आती ऐसे धड़कता है धड़ धड़ धड़ ऐसा तो स्पेशली जिन लोगों की दिल की धड़कन जो तेज वाली अधिकतर होती है जिसमें धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ ऐसा होता है तो ऐसे में आप इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं जिन लोगों की मांसपेशियाँ कमजोर हो गई है उसे मजबूत करता है मांसपेशियां सर से लेके एडी तक की आपके पेनिस की आपकी वजाइना की भी मांसपेशियों को मजबूत करता है जिनको प्रेगनेंसी के बाद में जो पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है उस लूज हो जाती है उसको भी ये मजबूत करता है जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है दोस्तों ये आपके लिपिड संचय को भी रोकने में काम करता है जिससे आपकी बॉडी में एथेरोस्कोरोसिस और दिल के ब्लॉकेज और दिल का दौरा इन सबको कम करता है तो ये इसके लिए दिल के लिए तो बहुत ही रामबन औषधि है आपके ब्लड में अगर थक्के हो गए ब्लड क्लोथ्स हो गए जिसको बोलते हैं रक्त के थक्के है ना खून के थक्के अगर जम गए तो उसको भी ठीक करता है जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या बहुत ज़्यादा लो रहता है तो ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है जिन लोगों के हृदय में कार्य करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो गई है उसकी क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों ये आपकी हार्ट की जो वर्किंग कैपेसिटी है या हम बोलते काम करने की जो क्षमता है उसको सुधार के आपके कार्डियोवस्कुलर सहन शक्ति को भी बढ़ाता है दोस्तों ये आपके चमड़ी के जो रोम छिद्र होते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से फायदा करता है ये आपकी बॉडी से जो जहरीले पदार्थ होते हैं विषैले पदार्थ होते हैं उसको बाहर करता है मतलब बॉडी का डिटॉक्सीफिकेशन कर देता है बॉडी से टॉक्सेंस को बाहर कर देता है दोस्तों दाद खाज खुजली एक्जिमा कील से इस प्रकार के सभी चर्म रोगों में ये बहुत अच्छे से काम करता है जिन लोगों की स्किन पे ग्लो नहीं रहता है ठीक है तो उनकी स्किन पे यह ग्लो लाता है और चेहरे को स्किन को चमकदार बनाता है जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है मतलब अनिद्रा होती है ठीक है अनिद्रा की प्रॉब्लम है नींद की प्रॉब्लम है तो अनिद्रा में नींद में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है जिन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती है उनमें भी फायदा करेगा जिन लोगों को नींद आती है लेकिन रात में आने के बाद खुल जाती है और फिर दोबारा नहीं आती तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैं जितनी भी बीमारी बता रहा हूँ इसमें से कोई भी बीमारी हो तो इसको अकेले नहीं लेना है इसके लिए आप मेरा कंसल्टेसन ले लीजिएगा ठीक है नहीं तो आप को हो सकता है इसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले दोस्तों जिन लोगों के शरीर में थकावट रहती है सुस्ती रहती है तो उसमें थकावट और सुस्ती में बहुत अच्छे से ये असर करता है और मैं आपको एक बात बताता हूँ इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा मैं खुद भी मुक्ता पिष्टी भस्म का प्रयोग करता हूँ मैं तो हालांकि मेरे लिए बहुत स्पेशल बहुत हेवी वाला डोज बना के रखता हूं जो बहुत मतलब अल्टीमेटी डोज मैं खुद के लिए बना के रखता हूं इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा जब भी मेरे वीडियो आते तो काफ़ी लंबे होते हैं और मैं कंटिन्यू बोलते रहता हूं मतलब जो एनर्जी रहती है एनर्जी लेवल एक बना हुआ होता है मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी लेवल कम अब मैं आपको बताऊँ मैं सुबह छः बजे से वीडियो बना रहा हूँ और अभी लगभग तीन साढ़े तीन बज गए होंगे शाम के कंटिन्यू में वीडियोस बना रहा हूँ ठीक है लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं सुबह 6 बजे से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे एनर्जी लेवल लो हो गया है ठीक है या फिर गले में कुछ प्रॉब्लम है तो इसी वजह से जब हम प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है ठीक है तो ये आपकी थकावट सुस्ती सबको खत्म करता है दोस्तों ये हड्डी को मजबूत करता है ठीक है जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना हड्डी को मजबूत कर देता है ठीक है किसी भी प्रकार से ये आपके अर्थराइटिस में है ना जो ऑस्ट्रोफोरोसिस होता है अर्थराइटिस होता है दोनों में ही बहुत अच्छे से फायदा करता है दोस्तों ये लेडीज और जेंट्स लड़के और लड़की दोनों की हारमोन्स की जो भी प्रॉब्लम होती है सभी में काम करता है दोस्तों ये आपके पेनिस यानी लिंग बजायना यानी योनि दोनों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सबको दूर करता है और उनको मजबूत बनाता है जिनको मासिक धर्म में अनियमितता है मासिक धर्म की कोई भी प्रॉब्लम है मैंस्ट्रल डिसऑर्डर है किसी भी प्रकार के मैंस्ट्रल प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत अच्छे से फायदा करता है ये आपके ओवल्यूशन को भी ठीक करता है आपके मेंस्टल साइकिल के टाइम पर आपको जो दर्द होता है जो पेन होता है उस पेन को ये बहुत जल्दी जो है खत्म करता है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को ये कंट्रोल करता है बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा होती है बहुत से लोग होते हैं जिनको कम होती है या बिल्कुल क्लोत्स होते हैं दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा करता है बस शर्त यही है कि आप इसको कंप्लीट डोज के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से लें तो आपको एक महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है ये आपके ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है आपके खून को शुद्ध करता है जिन लेडीजों को जिन लड़कियों को पी या फिर पी दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो दोनों ही प्रॉब्लम को ये ठीक करता है ये आपके यूटेरस को मजबूत करता है मतलब आपके गर्भाशय को मजबूत करता है जिन लड़कों को जिन पुरुषों को प्री मेचर एजुकेशन की प्रॉब्लम है ठीक है वो प्री मैचर को ख़त्म करता है यानी शीघ्र पतन उसमें ये बहुत अच्छे से फायदा करता है जिन लोगों को जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिफंक्शन है ठीक है मतलब जो पैनीस या जो लिंग है उसमें तनाव नहीं आता है ठीक है तो आपके पैनीस या लिंग में ऐसा तनाव आने लगता है बिल्कुल बढ़िया हो जाता है जिन पुरुषों को अजू स्पर्मिया की प्रॉब्लम है जिससे वो प्रेग्नेंसी कंस्यू नहीं करा पा रहे हैं ठीक है उस अजू स्पर्मिया में या फिर नील शुक्राणु में भी बहुत अच्छा एक काम आता है जिन पुरुषों की जिन लड़कों की सेक्स टाइम काफ़ी कम है ठीक है तो सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने में भी मुक्ता पृष्ठी बहुत अच्छे से ये काम आती है दोस्तों ये महिलाओं की और पुरुषों की लड़कों की और लड़कों की इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छे से काम आता है बांझपन और नपुस दोनों में बहुत बढ़िया तरीके से काम आता है बस इसको प्रॉपर डोज के साथ में सही तरीके से लिया जाए दोस्तों ये आपकी सभी प्रकार की लीवर की प्रॉब्लम जो होती है सभी प्रकार की लीवर प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छे से काम आता है किसी भी लीवर की समस्या हो दोस्तों इसके इतने फ़ायदे हैं इतने फ़ायदे कि इस वीडियो में अगर मैं और बताने लगूंगा तो ये वीडियो एक घंटे का हो जाएगा ठीक है और मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं तो इसको यहीं पे हम स्किप कर बन, मतलब रोकते हैं क्योंकि और फिर से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप एक बार मेरा कंसल्टेसन ले लीजिएगा आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी दवाई लेना है इसकी कितनी मात्रा लेना है इसके साथ कौन सी दवाई लेना है एवरीथिंग अबाउट दिस मुक्ता शुक्ति भस्म या मुक्ता पिष्टि भस्म और योर एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डायबिटीज कैंसर अर्थराइटिस, जो भी आपको बीमारी हो किसी भी प्रकार की बीमारी हो ठीक है तो आप मेरा कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को इतना अच्छा बनाया तो एक लाइक जरूर ढोक दीजिए एक लाइक कर दीजिए हाँ, इस हमारे YouTube चैनल आरआरआर रवि को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज की जानकारी व नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों अगर अभी तक आपने इस मुक्ता भस्म के फ्री गिव अप में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों इसको फ्री में लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा लो ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लो अच्छा सा कमेंट कर दो इसके बाद में वीडियो को लाइक कर दो इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और व्हाट्सएप पर अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा के शेयर कर दो बस इतना साल आपको काम करना है तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर जरूर हो गई होगी अगर क्लियर हो गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा अभी दो से तीन घंटे में आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा और अगर आपको मुक्ता पिष्टी भस्म चाहिए या आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए तो मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातृ